नमस्कार आप सभी लोगों को एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल पे तो आज हम फिर इस बात करेंगे पीएफएमएस में एक बार मैं बता ही चुका हूँ लेकिन हाँ डीपली मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसको इस बार ये वीडियो बताया बनाया है और होप और आशा यही करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और भी हमारे ऐसे अध्यापक वर्ग हैं जिनको इस समय पी PF, एफ में एक आ, आपके गले में एक हड्डी का काम कर रहा होगा तो इस हड्डी को निकलने के लिए हम लोग सब साथ में प्रयास प्रयास करेंगे कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं और हमें इसको करने के लिए आ, क्या क्या प्रयास करना चाहिए तो थोड़ा संक्षेप में मैं इसमें पहले जाऊंगा कि पी एफ एम एस है क्या पी एफ एम एस हमारा इसको नाम जो इसका नाम दिया गया है पी का इसका आ, आ, इसका जो नाम दिया गया है पी का इसका नाम पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम तो इससे हमने सारे वित्त के अपने फाइनेंस संबंधी काम करने हैं और फाइनेंस संबंधी काम ये अध्यापक वर्ग के लिए इसको निर्धारित किया गया कि इससे अध्यापक वर्ग अपने सारे फाइनेंस संबंधी काम करेगा तो इसमें तीन लेवल हैं तो तीन लेवलों को अलग अलग डिस्क्राइब मैं करूँगा यहाँ पर कोशिश करूंगा कि ये तीनों लेवल आपके समझ में आ पाएं और शायद इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए तो तीनों लेवलों को मैं बताने के लिए मैं इसमें आपको कोशिश कर रहा हूं। अभी मौखिक बता रहा हूं, फिर इसमें शायद आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊं। तो मौखिक बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि तीन लेवल हैं पहला लेवल है एडमिन लेवल दूसरा लेवल है इसका ऑपरेटर लेवल और तीसरा लेवल जो है इसका अप्रूवल लेवल तो एडमिन लेवल और अप्रूवल लेवल जो होगा वो होगा विद्यालय के हेड के पास एडमिन लेवल और अप्रूवल लेवल दो लेवल जो होंगे ये विद्यालय के हेड के पास होंगे और विद्यालय का जो हेड होगा वही इस पर कार्य करेगा वही इस पर इस पर अपने नंबर डालेगा उन्हीं की ईमेल आईडी उन्हीं के नाम पर ये एडमिन और हेड लेवल आ, आ, प्रोग्रामिंग की जाएंगी आगे को तो तीसरा जो इसमें दूसरा जो नाम आता है डाटा ऑपरेटर या हम ऑपरेटर लेवल ऑपरेटर लेवल पर जो काम करना है ऑपरेटर लेवल काम ये होगा कि ऑपरेटर लेवल से हम लोग बिल बनाएंगे उस बिल को जब हम पूरा क्रिएट करेंगे और इस बिल को हम आगे को डालेंगे प्रस्तावित बिल को जब हम आगे को फाइनेंस के लिए डालेंगे तो वो हमारा बिल हमें किस लेवल पे मिलेगा एक अप्रूवल लेवल पे मिलेगा और अप्रूवल लेवल पे जब वो बिल मिलता है हमको तो हम उस बिल को तब वहाँ पर से अप्रूव करेंगे देन उसके बाद जो बिल जनरेट होगा इस साइड से <koughs> उस उस बिल को हम क्या करेंगे जो बिल यहां पर से कॉपी निकलेगी इस साइड में से इस कॉपी को हम लोग दो कॉपियां निकालेंगे दोनों कॉपियों को हम लोग एसएमसी और हेड के माध्यम से साइन होंगे उसमें और जब हम दोनों कॉपियों पे हेड और एसएमसी के माध्यम से उसमें साइन करवा लेंगे उसकी एक कॉपी हम बैंक पे देंगे और दो कॉपी वहां पर बैंक में देंगे वहां पर से एक कॉपी रिसिविंग के तौर पर आपके पास वापस आएगी और जब वो कॉपी वापस आती है उस कॉपी को हम अपने वेंडर को देंगे और वेंडर्स वो ही हमारा जब जैसे हम चेक देते थे अब हम उस बिल की कॉपी दे देंगे और बिल की कॉपी जब हम उसको देंगे तो हम ये समझ लेंगे कि हमारा जो प्रस्तावित बिल है वो वेंडर के खाते में चले गया तो अब दूसरी चीज इसमें यह देखनी है सबसे पहले जब हम इसमें आईडी बनाते हैं अप्रूवल लेवल पे तो हमने ध्यान क्या देना है अप्रूवल लेवल पे शुरू में जो आईडी बन रही है जो हमारे यहाँ पर से आ रही है ब्लॉक के माध्यम से जैसे आई है एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं एम अंडरस्कोर एम फलाने फलाने स्कूल का नाम तो उस एम डी एम अंडर स्कोर फलाने स्कूल के नाम में एक आ, हमें डिफॉल्ट पासवर्ड मिला हुआ है वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जैसे हमारे ब्लॉक का है आईडिया एट रेट वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू जो भी वो पासवर्ड मिला हुआ है उस पासवर्ड को जब हम आ, अपनी साइट पर डालते हैं साइट में डालने के पश्चात क्या वो हमको क्या कन्फर्मेशन देता है वो हमको एक कन्फर्मेशन देता है कि करंट पासवर्ड को आपको डालना है और एक न्यू पासवर्ड उसमें जनरेट करना है करंट पासवर्ड कौन सा है इसमें आपको कन्फ्लिक्ट नहीं होना है करंट पासवर्ड हमारा कौन सा है जो हमने आईडिया वन टू थ्री फोर डाला है वो डालने के बाद हम एक नया पासवर्ड बना लेंगे नया पासवर्ड बनाने के लिए मैंने जो सीखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ नया पासवर्ड कुछ इस तरीके से बनाएंगे जैसे आपका नाम मान लिया मेरा नाम आशीष है तो मैंने नया पासवर्ड जो बनाया मैं सबसे पहले हमने आशीष के ए को कैपिटल कर लिया बाकी स्पेलिंग रखी स्मॉल एस एच आई एस एच एट द रेट मान एट द रेट का निशान कोई भी स्पेशल करेक्टर रखना है तो सबसे अच्छा स्पेशल करेक्टर एट द रेट ही है और उससे अच्छा भी आप लोग रख सकते हैं हैश टैग रख सकते हैं, हैश रखते हैं, हैं परसेंट का निशान रख सकते हैं ये स्पेशल करेक्टर है तो इन स्पेशल करेक्टर को आप रखने के बाद एक डेट ऑफ ईयर डाल देंगे जैसे कि नंबर डाल देंगे जैसे कि वन टू थ्री या वन टू थ्री फोर या टू जीरो थ्री वन ऐसे करके एक नंबर का से आप पासवर्ड बना लेंगे इस पासवर्ड को दो बार एंटर करने के बाद जब दोबारा इंटर करेंगे तो वो एक थर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि एक हिंड क्वेश्चन आप इसमें बनाइए हिंड क्वेश्चन उसमें ये पूछा गया है कि आप किस जगह पर आपका जन्म स्थान है या कौन सी बुक आपको बहुत अच्छी लगती है या कौन सा विद्यालय आपका नाम है तो उसको आप हिंड क्वेश्चन में लिख लेंगे अपना अपना हिंड क्वेश्चन याद रखेंगे अब ये क्यों करा जा रहा है इसलिए करा जा रहा है कि आपकी जब इसमें पासवर्ड मेकिंग हो और कोई डिफॉल्ट वाली स्थिति में आप पासवर्ड भूलते हैं तो तो यही सब नेट वापस हमको रिसीव करवाएगा। तो अब तीसरा काम क्या करेंगे? हम इसमें जाने के पश्चात हमने क्या किया था कि हम इसमें जब हम इसमें इंटर करके पासवर्ड हम बने बना लिया तो हम इसमें इंटर करने के पश्चात हमने सबसे पहले अप्रूवल लेवल में इस आईडी को स्टेबल करना है आईडी को स्टेबल करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि इस इसको स्टेबल करने के लिए हमने उसकी आईडी के प्रोफाइल में जाना है उस आईडी के प्रोफाइल में जाने के पश्चात हमने उसमें अपनी डेजिग्नेशन अपना नाम अपनी ईमेल आईडी जो हमें ब्लॉक से मिली है वो ईमेल आईडी आई हटा कर उसमें अध्यापक अपनी एक ईमेल मेल आई उस ई मेल को उसमें इंटर करें अध्यापक अपना एक नंबर इंटर करे उस नंबर को देखिए फोन नंबर क्या है तो फोन नंबर अभी चलते नहीं है फोन नंबर में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना है फोन नंबर में ही आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लीजिए और मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर एंटर करिए दोनों नंबर सेम हो सकते हैं दोनों नंबर जब सेम हो जाते हैं उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन इसको लास्ट में क्वेश्चन आता है अपडेट तो वहाँ पर हमने अपडेट कर लेना है ये हमारी आई को हमने इस्तेबल कर दिया तो इतना करने के बाद आगे की प्रोसेस में अपने सिस्टम में आपको बताऊंगा कि मैंने सिस्टम में कैसे काम करा है और मैं इस सिस्टम में क्या क्या बारीकियां मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इस बारीकियों को नोट करें और इस बारीकियों से चलें जिनको शायद ऑपरेटर लेवल पे अप्रूवल लेवल पे जो मैं वहां पर क्लास में नहीं बता पाया जो मैं शायद वहाँ पर क्लास में छूट पा गया वो मैं आपको एक अपने घर पे एक डेमो करके आपको बता रहा हूँ जिससे आपको सहायता मिलेगी जिससे आप इस चीज़ को निर्माण कर पाओगे आगे इसमें चलने के लिए आपको मैं अपने ले चलता हूँ अपने सिस्टम पर तो चलते हैं हम अपने सिस्टम पर तो आपको अब इसमें अपने सिस्टम पे मैं दिखाई दे रहा हूंगा और ये सिस्टम में मैं जब आऊंगा तो इस सिस्टम में आने के पश्चात मैं क्या कर लूंगा कि इस सिस्टम में आने के पश्चात मैं इस साइट को खोलूंगा साइट को किसी भी, भी ब्राउजर से आप खोल सकते हैं तो इसमें ब्राउजर में जाएंगे अपनी साइट को खोलने के लिए तो उसमें लिखेंगे पी ठीक है पी लिखने के पश्चात ये प, जब ये पी लिख दिया तो इसके पश्चात मैंने लिखना है अभी मैं जो पासवर्ड मैं आगे को समझाना जा रहा हूं वो विद्यालय का नाम है जीपीएस सन अब इसके जो एमडीएम अंडर स्कोर जीपीएस सन ये किसकी पासवर्ड है मैंने आपको पहले बताया ये एडमिन लेवल का पासवर्ड है इस एडमिन लेवल को खोलने के लिए हमने एक पासवर्ड मेकिंग कर दी है इसमें तो वो तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा लेकिन हाँ जो मैंने पासवर्ड बनाया है उसके बाद इसमें आगे हम क्या क्या करना है उसकी जानकारी हम लेते हैं ये देखिए तो ये अब खुल गया MDM GPS Sun तो ये खुलने के पश्चात हमने क्या किया ये जब खुला इसके पश्चात हम आगे जाएंगे हमने क्या किया प्रोफाइल में गए आ, मास्टर डिटेल ये ये प्रोफाइल में गए इसको एडिट कर लेना है सबसे पहला काम यही करना है कि हमने इस, इस आईडी को यहां पर एडिट कर लेना है एडिट करने के लिए हम इसमें फर्स्ट नेम डाल देंगे ईमेल डाल देंगे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे और अपडेट कर देंगे अभी ये अपडेट नहीं बताएगा क्योंकि ये सेंटर की साइड है रात को ये चलती नहीं है। ठीक है इतना कर लिया इसके करने के पश्चात अब जब ये अपडेट हो जाती है आपको दिन के 10 बजे इसमें सुबह काम करना है शाम के 4 बजे तक इस साइड में काम कर लेना है उसके बाद इसमें काम नहीं करना है सेंटर की साइड है स्टेट की साइड नहीं है सेंटर में जो हॉलीडेज होंगे वो हॉलीडेज यहां भी माने जाएंगे और यहां पर वो साइड है बंद रहेगी सैटरडे संडे को काम नहीं करना है अपडेट की स्थिति में ये साइड होती है थर्ड काम हमने करना है मैंने आपको बताया था कि इसमें पहला काम है ड्राइंग लिमिट चेंज करना कि आपने ड्राइंग लिमिट कैसे चेक करनी है आपने ड्राइंग लिमिट चेक करने के लिए ये भी अभी खुल नहीं रहा है तो एस एम पर क्या आना है ये जो हरारसी लेवल है इस लेवल में आपने भरना है एस एम फिर इसके बाद नीचे आएगा स्टेट इसके बाद आएगा स्टेट में आप उत्तराखंड सिलेक्ट करेंगे फिर इसके नीचे आएगा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में आप पिथौगढ़ सर्च करेंगे और सर्च बटन को दबा देंगे तो आपकी एक ड्राइंग लिमिट जो बैंक के द्वारा निर्धारित की गई है वो आपकी खुल जाएगी ठीक है अब इसको इतना चेक करने के बाद हमने क्या करना है सीधे बैंक में जाना है बैंक लेवल पे जाना है बैंक लेवल पे आने के पश्चात हमने इस बैंक लेवल पे आना है इस बैंक लेवल पे आने के पश्चात हमने क्या करना है अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट इसको इसको खोलना है और यहाँ पर भी हमने अकाउंट के लिए क्या करना है यूके 2000 सॉरी यूके 207 हमारी स्कीम है इस स्कीम को लेना है और सर्च कर लेना है अकाउंट को हमने आ, वहां पर हमारे पास सर्च करने के पश्चात अकाउंट खुल जाएगा उस अकाउंट को टिक करना है उसको हमने टिक करने के पश्चात यहाँ पर अकाउंट ई पेमेंट में रेडी करना है प्रिंट एडवाइस के लिए अकाउंट ई पेमेंट प्रिंट एडवाइस डिजिटल सिग्नेचर एक और आ रहा होगा उसमें नहीं जाना है अकाउंट ई पेमेंट आएगा उसको हमने क्लिक करके कर लेना है तो यह अकाउंट हमारा ई e पेमेंट के लिए हो गया अब हम आते हैं मास्टर लेवल पे मास्टर लेवल में आने के पश्चात हमने एडिन्यू करना है सिलेक्ट में जाने के बाद हमने कौन सा मास्टर बनाना है क्योंकि अभी मैं आपको इसमें दिखा नहीं पाऊंगा कि मैं कौन सा मास्टर पे बात कर रहा हूं क्योंकि <coughs> <coughs> साइट बंद है तो मैं इसमें ज्यादा बता नहीं पाऊंगा लेकिन हाँ जब हमने मास्टर पे आना है तो मास्टर पे दो तीन लेवल खोलेंगे तो पहला लेवल हमारा जो काम होगा डाटा ऑपरेटर पे होगा डाटा ऑपरेटर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद हमने फर्स्ट नेम जो हमारे ऑपरेटर का होगा वो हमने लिखना है जैसे मेरे सहायक का नाम मनोज है तो मैंने मनोज लिख दिया लास्ट नेम हमारा मेहता हो गया ईमेल एड्रेस हम उसका डालेंगे फोन नंबर अगर यद्यपि उसके वो ऐसी स्थान पे है कि कार्य क्षेत्र उसका ऐसा है कि वो इस विद्यालय में ही के आसपास रहता है और वहां पर सिग्नल नहीं आ पाते हैं तो यद्यपि इसमें अपना नंबर भी डाल सकते हैं आपने फोन नंबर अपना और मोबाइल नंबर दोनों अपने ही सेम डाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉग इन आई आईडी पे हम बात कर रहे हैं लास्ट कॉलम अब लॉग आईडी में क्या करना है आपको लॉग आईडी में काम करने के लिए हमने इसका एक सिंपल रिलीज सिंपल जो लॉगिन आईडी है वो इस तरीके से बनानी है कि हमने यहां पर लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हमने बात कर ली मनोज मेहता ईमेल आईडी हमने डाल दी एम एन फोर जी एम ई एस टी ए सेवन एट एट द रेट टू जीरो टू जीरो ठीक है फोन नंबर हमारा उसका डाल दिया ये नंबर डाल दिया हमने कोई भी फोन नंबर सपोजर डाल दिया कोई भी. डालने के अब हमने यहां पर बात करनी है लॉग इन आई डी लॉग इन आई डी को जरा देखेंगे लॉग इन आईडी डी पर हमने लिखना है ऑपरेटर लेवल पर काम कर रहे हैं तो हमने डी कैपिटल रखना है ओ कैपिटल रखना है यह डी की पहचान करेगा हमारा कि हम ऑपरेटर लेवल पे काम कर रहे हैं अब यहां पर कोई भी विद्यालय का नाम डाल दीजिए जो हमारा विद्यालय का नाम है जैसे हम बात कर रहे हैं सन की तो हमने सन डाल दिया ऑपरेटर लेवल की जो आईडी है वन टू थ्री कर दी इसको हम अपडेट कर देंगे सबमिट कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगी अपडेट होने के पश्चात आपके फोन पे ये दोबारा एक पासवर्ड भेजेगी उस पासवर्ड पर हम उसको खोल के हम देखेंगे कि हम कैसा काम कर रहा है तो फिर हमने क्या करा उट इसको जब हम इसको यहां पर सबमिट करेंगे तो यहां पर से हमने लॉग आउट में जाना है दोबारा हम लॉगआउट में गए अब हमारे क्या हमने आईडी डाली थी वहां पर डी ओ एस ए सन ठीक है तो डी ओ सन ये हमने आईडी डाली थी तो अब हमने क्या करा है? इसका पासवर्ड बना बना दिया है मैंने तो आप लोगों को क्या होगा एक मेल पे पासवर्ड आएगा मेल पे पासवर्ड नहीं आ रहा है किसी वजह से रुक जा रहा है तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर लेंगे फॉरगेट पासवर्ड में क्या होगा उस स्थिति में आप जाएंगे तो आपने डीओ ओ सन वन टू थ्री रखना है उसके बाद कैप्चा एंटर करना है कैप्चे के बाद ये आपके मोबाइल में मैसेज दे देगा उस मोबाइल में मैसेज को आपको ओटीपी आएगी उस ओटीपी को आप यहाँ फिलअप कर लेंगे पासवर्ड मेकिंग कर लेंगे देन इसके बाद हमने यहां पर आना है तो यहाँ पर हमने जो पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को हमने इंटर करना है जैसे हम उस पासपर्ट को एंटर करते हैं ये देखिए ये जो उनके सहायक हैं, उनका नाम यहां पर पड़ा हुआ है सरिता खरगवाल खरगवाल के इस मास्टर में जाके इस डिटेल में जाके, इनकी प्रोफाइल हम चेक करते हैं क्या किया था हमने उनका नाम डाला था नंबर डाला था मोबाइल नंबर डाला था उनकी एक ईमेल आई डाल ली थी तो इस ईमेल आई को हमने जब आ, आ, आ, आगे प्रोसेस किया तो हमें ये चीजें मिल गई अब इसको हम दोबारा लॉग आउट करते हैं अब हम अपनी पुरानी साइट पे फिर दोबारा जाते हैं ऐसे ही हम हम ऑपरेटर लेवल पे बात करेंगे अब ऑपरेटर लेवल के लिए हमने क्या करना है दोबारा हमने अपनी पुरानी साइट MDM underscore GPS Sun और फिर हमने इसमें पासवर्ड डालना है अपना पासवर्ड जो हमने बना चुके हैं ये देखिये अब दोबारा हम अपनी पुरानी साइट पे आ गए एडमिन वाली साइट पे फिर हमने अभी ऑपरेटर बना लिया फिर हम मास्टर में जाएंगे फिर यूजर में आएंगे एडमिन में आएंगे अब हमने दोबारा यहाँ पर यहां पर अभी हमने ऑपरेटर सिलेक्ट किया था अब हम किसको को सिलेक्ट करेंगे अप्रूवल को सिलेक्ट करेंगे डाटा ऑपरेटर के बाद हम अप्रूवल में चले जाएंगे अप्रूवल में जैसे मेरा नाम मैं हेड तो मेरा नाम आ जाएगा फिर ईमेल आई ये करें फिर मेरा फोन नंबर आ जाएगा मेरा फोन नंबर इसी नंबर को हम कॉपी कर लेंगे इसको भी यहां पर पेस्ट कर देंगे कॉपी करने के बच्चा अब क्या करना है अब हमने वहां पर डी ओ लिखा था यहां पर हम लिखेंगे डी ए फिर विद्यालय का नाम आईडी बन गई इस आईडी को हम सबमिट कर देंगे सबमिट में अभी नहीं कर पाऊंगा क्यों नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आई डी बन चुकी है पहला रीजन दूसरा रीजन ये है कि साइड अभी पांच बजे के बाद मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो ये सबमिट नहीं होगी तो ये जब हम सबमिट करेंगे फिर हमारे पास एक पासवर्ड आ जाएगा उस पासवर्ड पे हम उसको दोबारा खोल लेंगे तो आज हमने दो स्टेप तीन स्टेप में ये कहानी मैंने आपको बताई है कि कैसे इसमें पासवर्ड मेकिंग करनी है कैसे हमने इसमें डी एडमिन से सॉरी सॉरी एडमिन लेवल से हमने दो पासवर्ड मेकिंग करनी है एक तो हमने कहा जाना है डाटा ऑपरेटर की पासवर्ड मेकिंग करनी है सबसे पहले हमने क्या करना है मैं मुख्य बिंदु फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ सबसे पहले हमने एडमिन की आईडी को हमने स्टेबल करना है उसके लिए हमने प्रोफाइल में अपने एडमिन लेवल और हेड अप्रूवल लेवल के दोनों पासवर्ड सॉरी पासवर्ड और ईमेल जो होंगे वो हैड के होंगे और हेड इसको आगे अपने बढ़ाएगा तो इसलिए दोनों ईमेल जो उसका ईमेल है जो उसका फोन नंबर है वो हेड अपना यहाँ पर भर ले एडमिन लेवल पे ही और एडमिन लेवल पे जब हम ये भरने के पश्चात हम बैंक में जाएंगे उसको अपडेट कर लेंगे आईडी को आईडी को अपडेट करने के पश्चात हम क्या करेंगे अब हैड बैंक में जाएंगे बैंक में जाने के बाद हमने अपने खाते को क्या करना है एक्टिवेशन फॉर ई पेमेंट में लेना है एक्टिवेशन ई पेमेंट में लेने के पश्चात हम क्या करेंगे उसमें दो ऑप्शन आएंगे हमारे पास डिजिटल और प्रिंट एडवाइस तो हमने क्या करना है किसपे अपने खाते को एक, एक्टिवेट कर लेना है अपना खाता मिला लेना है नंबर मिला लेना है हमने उसको प्रिंट एडवाइस में लेके एक्टिवेट कर लेना है थर्ड हमारा काम होगा फर्स्ट मास्टर में जाना है जो ये फर्स्ट मास्टर है इसमें जाएंगे इसमें जाने के बाद हमने ड्रॉइंग लिमिट को हमें खोल लेना है ड्रॉइंग लिमिट पर हमारे पास पहला लेवल आएगा स्कीम का स्कीम हमारी है यूके दो और उस स्कीम के बाद हमारा सेकेंड uh, लेवल आएगा हरारसी लेवल उस हरारसी लेवल में आप कर देंगे एसएमसी एसएमडीसी लास्ट कॉलम लास्ट वाली जो उसमें कॉलम होगा उसको ले लेंगे थर्ड हमने जाना है किस काम में जाना है थर्ड हमने जाना है स्टेट uh, uh, पे उत्तराखंड फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ ब्लॉक बिन इतने करने के पश्चात हमने इसको सर्च कर लेना है तो ये हमारी ड्रॉइंग लिमिट बता देगा जो हमारे खाते में पैसा आया उसको हमने रख लेना है फिर थर्ड काम हमने करना है जब इतना सब कुछ कर लिया तब हमने सेकंड मास्टर में आना है सेकंड मास्टर में हमने दो यूजर बनाने हैं पहला यूजर बनाना है ऑपरेटर दूसरा यूजर बनाना है अप्रूवल तो, हम तो हमने एडन्यू में जाना है ऑपरेटर बनाना है सिलेक्ट करके एड में जाना है दोबारा अप्रूवल बनाना है अप्रूवल और ऑपरेटर बनाने के दोनों तरीके मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं ध्यान रखने की बातें यह है अगर कोई स्थिति में पासवर्ड ऑपरेटर लेवल पे हमारे सहायक का पासवर्ड नहीं मिल पा रहा है हमको ओटीपी नहीं आ पा रही है तो आप क्या करेंगे उसका मोबाइल नंबर की जगह अपने मोबाइल नंबर इंटर कर लीजिए वहां पर आपको पासवर्ड ओटीपी में फॉरगेट पासवर्ड में जाके ओटीपी ले लीजिए और आप एक अच्छा सा वहां पर पासवर्ड मेकिंग कर लीजिए थर्ड काम क्या करना है अप्रूवल लेवल पे आना है अप्रूवल लेवल पे आने के पश्चात भी हमने अपने हेड की डिटेल सारी इंटर करनी है ई मेल एंटर करनी है फोन नंबर मोबाइल नंबर दोनों एक ही हो सकते हैं इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना है थर्ड हमने बात करनी है लॉग आईडी आई आईडी में हमने मैंने तरीके बताए हैं ऑपरेटर लेवल की बना रहे हैं तो डी ओ करके बनाइए विद्यालय का नाम और अप्रूवल लेवल पे बना रहे हैं तो डी ए करके बनाइए विद्यालय का नाम जब इसको हम सबमिट कर लेंगे ये पासवर्ड हमारे पास आ जाएंगे एक पासवर्ड हम मेकिंग कर चुके हैं तो हमारे तीनों लेवल क्रिएट हो जाएंगे कौन कौन से लेवल क्रिएट होंगे पहला लेवल हमारा एडमिन में हमने आईडी इस्तीफल करनी है दूसरा लेवल हमारा ऑपरेटर में हमने सहायक की आईडी बना लेनी है या जिस जिस और विद्यालय जो विद्यालय एकल है नियमानुसार वो अपने एसएमसी के इसमें भी इसको ले सकता है एसएमसी का जो अध्यक्ष है उसका नाम ले सकता है ऑपरेटर लेवल पे और नहीं तो आ, अपना डिटेल बन के भी काम कर सकता है और अप्रूवल लेवल पे भी आप अपना डिटेल डालोगे हेड वाले कॉलम पे जो एकल विद्यालय वैसे आपको नॉर्म्स के अनुसार एस को लेना चाहिए यहाँ पर थर्ड इसमें जो हम जानकारी देंगे जब हमने ऑपरेटर लेवल और आज हमने डिस्कस कर लिया है इसको अप्रूवल लेवल अब हम डिस्कस करेंगे इसमें कि कैसे बिल बनाना है कैसे वेंडर खोजना है कैसे इसमें वेंडर की हमने यूनिक आईडी से वेंडरों को खोजना है इस लेवल पर बात करेंगे इस लेवल पर बात सुनना अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और सुनना अच्छा लगता है इन चीजों को डिस्कस करना अच्छा लगता है तो मैं ये आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आगे भी इस चैनल को बढ़ाएंगे हमारे और अध्यापक वर्ग हैं इसी ब्लॉक के लिए अन्यत्र अध्यापक वर्ग अन्यत्र ब्लॉक के हैं उनको भी इस तरीके के प्रोसेस से अवगत करवाएंगे और इस चैनल को प्रमोट करेंगे तभी मैं आगे, इस, तभी, मैं आगे इस, तभी मैं आगे सब अध्यापकों का इसमें हेल्प कर पाऊंगा सहायता कर पाऊंगा और होप करता हूं ये सब चीजें आपको पसंद आई होंगी धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए